No. No. It's nice. Thank you, Nikolov. Should we go to the start? Okay. Feature basilica. Yes. जाने पीछे जाने जाते नहीं हैं देख तो जाके कोशिश तो तो कर है ये क्या कुछ भी नहीं है तो कैसे कि तुम तो क्या चाह रहे तेरी बड़ी इतना पहुंचे या जॉगनी शो कंटेया लेके कुछ हो जाएगा इजी रिलैक्स आ लेट्स स्टार्ट चलिएगा सेक्स सेक्स ओके लेट्स गो physics को चलो लेट्स गो लेट्स गो ये कंट्रोल दबाओ रिजल्ट वाले नीचे नहीं छोड़ो आओ ये भी उतना ही देर छोड़ो चलो चलो आओ और कौन है ओ सो वेलकम व्यूअर्स मैं सा जतन है जतन गैंबर्ट उमर कितने साल जतन एक में काम करता है और जतन को मैं से जानता हूं। और तो से को हाँ, जब उसको कर दिया था मेरे सामने।, <laughs> मेरे सामने किया था और तब बड़ा फ्लैक्सिबल था वेट भी इतना था बट लंबा इतना ही था आज इसकी फ्लेक्सीबिलिटी खत्म हो गई है और मेरे पास नेक्स प्रेंट के लिए आया था तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि इसकी जीरो मोबिलिटी है अब ये अपनी बॉडी को इतना अच्छा करे कि हम दोबारा इस वीडियो को दिखाएं और बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन चाहे वो छह महीने लगे या एक साल लगे या तीन महीने लगे वो तेरे ऊपर है ठीक है लाइक तो यू कैन डू प्लीज ये है हमारी आज की शॉर्ट वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें आप में से भी किसी के साथ बिल्कुल भी बैक मूव नहीं करती नेक मूव नहीं करती है तो समझ जाइए कि आप बहुत ज्यादा दिक्कत में है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने आसपास किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं एंड दैट शुड हेल्प यू आउट फॉर चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारी yes. वीडियो को देखें जहाँ तक लोगों तक पहुँचाएं ताकि हमारी मेहनत आप लोगों के कि किसी काम आ सके थैंक यू